हेलो एवरीवन वेलकम टू मिग हेयर एंड स्किन क्लिनिक आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप केमिकल पील ट्रीटमेंट करेंगे और जानेंगे कि केमिकल पील ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो कर, करने पड़ते हैं सबसे पहला स्टेप होता है हमारा क्लिजिंग क्लिंजिंग में हम क्लिंजर को यूज़ करेंगे जिससे कि एल्बो में जो बैक्टीरिया या डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी इसके बाद हम पील को एक बाउल में लेंगे और ब्रश से पील को एल्बो में अप्लाई करेंगे और फिर पांच मिनट के लिए वेट करेंगे फिर हम एल्बो से केमिकल पील को रिमूव करेंगे और सबसे लास्ट में जहां पे हमने केमिकल पील किया था वहां पे हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए